अलाउड पूरी दुनिया में हर क्रिएटर को पता चल गया है कि ये फीचर क्या है किस लिए यूज़ होगा कि YouTube ने एक तरह से लैंग्वेज का बैरियर ख़त्म कर दिया है मैं बात करूंगा इसके फ्यूचर की अलाउड फीचर सबको पता है कि एक जो डबिंग कर सकते हो आप लोग ए के ज़रिए ऐसा ही है ना कि मतलब अब जो आपकी जो इंग्लिश वीडियो है उसे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डब कर सकते हो हिंदी के अंदर चाइनीज़ के अंदर जपनीज़ के अंदर एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर लेकिन अभी ये फीचर बीटा टेस्टिंग में है मतलब कुछ ही लोग कुछ ही जबानों में आप लोग अपनी वीडियो को डब कर सकते हो लेकिन फ्यूचर के अंदर एक साल के बाद जो मैंने अंदाज़ा लगाया है ये फीचर हर लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा कि अब आपको किसी भी डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है अब पहले के ज़मानों में क्या होता था, था कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी फिल्म बनती कोई भी चीज़ बनती तो उसको डब किया जाता अब जब डब किया जाता मतलब एक इंग्लिश वीडियो बनी है या एक हॉलीवुड मूवी बनी है वो जाहिर है इंग्लिश के अंदर है लेकिन उसको डब करने के लिए हमें हिंदी आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी वॉइस आर्टिस्ट समझ ले या हिंदी आर्टिस्ट समझ ले अब आर्टिस्ट और वॉइस आर्टिस्ट ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं बात करूँगा इस अलाउड फीचर के बारे में या इस अलाउड प्रोजेक्ट के बारे में अब बहुत सारे जो ये ये आपको कहानियां दोस्तों ये फीचर आ गया, आ गया गया ठीक हो गया कहानी खत्म लेकिन ये एक बनने है। मैं अगर ऐसा कहूँ एक नए इंटरनेट की शुरुआत है या अगर मैं से ऐसा कह दूँ की ये है एलगोलिथन्स का नया दौर एलगोलिथन्स बनाएंगे आपको अपना गुलाम ज्यादा हो गया लेकिन ये हकीकत है आइए एल्गोलिथन्स या फिर इस अलाउड प्रोजेक्ट को कुछ एडवा फ्यूचर की बात करते हैं अब पूरी दुनिया में ना कोई भी बंदा इस डीप लेवल तक नहीं सोच सकेगा क्योंकि मेरे जहन के अंदर ये आइडिया था कि मैं इसको एक वीडियो कॉल कॉलिंग ऐप के अंदर लगाऊं, लेकिन YouTube ने कमाल कर दिया है या Google वालों ने ऐसा कर दिया है कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता मतलब मैं जब एक इंडिविजअल बंदा सोच था कि मैं ये फीचर बनाऊँगा जहाँ पर लैंग्वेज का बेटर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर यूट्यूब ने यह फीचर ला दिया है अब इसके लिए मैंने डाटा साइंस सीख डाली मतलब डाटा साइंस के रिलेटेड नॉलेज ले लिया और इसके कुछ सर्टिफिकेट भी मैंने किए अब ये तो नहीं मेरी छोटी सी बात कि मैंने सीख डाला मैंने किया मैं करूंगा या अपना अपना अब मैं इसको साइड पर करता हूं लेकिन मैं आपको इसको अब आप फ्यूचर बताता हूँ तो जाहिर है यूट्यूब ने इसको ला दिया है माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक ये बड़ी बड़ी कंपनीों के जहन में भी नहीं आया कि भाई ये फीचर भी हो सकते हैं तो ये चीज़ भी बनाई जा सकती है जहाँ पर मैटा फेसबुक ने भी अपना नाम चेंज किया मैटा और एक गूगल ने भी अपना नाम चेंज किया कुछ साल पहले एल्फा अब मैं आपको कुछ डिटेल और नई हिस्ट्री के अंदर लेकर जाऊंगा मैंने कहा डिटेल और कुछ नई हिस्ट्री मैं पुराने जमानों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर उन प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ सुनते भी हैं है इसको भी साइड पर रखूंगा मैं ये भी बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा बिलियन डॉलर की कैसे ये एक बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी आप लोगों ने वकार जका के बारे में भी सुना होगा एकदम मतलब उसको क्रिप्टो के बारे में पता उसने बताया और पाकिस्तान के, के साथ और इस अलाउड प्रोजेक्ट के साथ अब आप लोगों ने ब्लॉक चेन के बारे में सुना होगा अब मेरी बात अ, मेरी इस बात को गौर से सुनना और मेरी इस वीडियो को भी सुनना ये आपको ऑलमोस्ट आज से चार साल बाद समझ आएगी बात या हो सकता है अगर YouTube इसके ऊपर एडवांस काम करना स्टार्ट हो गया है या कुछ जो कंपनीज़ हैं उनको इस बारे में पता चल गया अब क्योंकि पता तो चल गया है पर उस न, उन कंपनीज़ ने इस फीचर को अब ला दिया तो कोई पता नहीं कि मतलब अब मैं जो तीन या चार साल की बात कर रहा हूँ हो सकता है ये फीचर उससे भी पहले आ जाए अब कोई पता नहीं है मगर मैं एक एस्टिमेट लेकर चल रहा हूँ चार साल कि चार सालों के बाद ये एक नए इंटरनेट की शुरुआत होगी अब वेब थ्री कोई नया कंसेप्ट नहीं है बहुत पुराना है। के थ्री के जमाने में या के बारे में वेब बारे या अवतार बना सकते हो, हो सकते हो डिस बैठे हो तो पूरी दुनिया बोल सकते हो मतलब पूरी दुनिया आपके एक छोटे से वी आर या ए आर के अंदर होगी यही ना लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया है ये वाला अलाउड अब इस अलाउड फीचर का फायदा क्या होगा अब ए आई तो है ना ये ए आई बायोलॉजिकल के अंदर भी है और ये एआई आई एक जनरल ए आई की तरफ भी इशारा करता है मतलब जो इंसान कोशिश कर रहे हैं ना सदियों से या कुछ सो सालों से वो एक रोबोट बनाए जो चल चल भी सके फिर भी सके गुफ्तु भी कर सके और डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सके ये उसका एक हिस्सा भी है ये मैं आपको बता दू और मैं इतनी डीप डी, डी में किस तरह से जा जा रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैंने कुछ स्टडी कर डाली के कुछ बता दिया अब इस अलौक फ्यूचर का कुछ एडवांसमेंट जो बिजनेसिस के हवाले से जा, तिजारत के हवाले से जो जरूरी है मैं आपको वो बताऊंगा बाकी इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं कुछ लोग कहेंगे ये दर्जार के साथ कॉन्सेप्ट है कुछ लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है मतलब कुछ लोग अपनी अपनी थ्योरी देंगे उन थ्योरी से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अलाउड इस तफ, मतलब इसका जो फ्यूचर क्या हो सकता है अब मान लो कि अब मैं ना इसको आपको समरअप करूँगा क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता और इसका जो प्रोसेस मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है ना जो मैं सोच पा रहा हूँ उसको मैं समर् अप करके छोटा छोटी से कौन सा के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं आपको लंबी वीडियोस बना कर दूँ लंबी वीडियो बन सकती है इस टॉपिक के ऊपर मैं घेंटो बोल सकता हूँ कि इसका फ्यूचर क्या क्या हो सकता है क्योंकि आपको शुरू में मैंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया था एक प्लानिंग था लेकिन वो यूट्यूब ने ला दिया है ने ला दिया है। अब इस अल्फा का फ्यूचर क्या हो सकता है आइए इसके बारे में बात करते हैं मान लो कि आप लोग आप लोग बखूबी वाकिफ हो भी, भी से। अब से। जहां पर क्या कर सकते हो जो मैन हैं वो मीटिंग्स कर सकते हैं जो टीचर्स हैं वो आप इसके अंदर क्लासेस ले सकते हैं ऐसा ही ना लेकिन अगर मैं आपसे कह दू के लेकिन एक चीज़ गौर की आप लोगों ने कि आप लोग अगर जूम ऐप के ऊपर कोई भी मीटिंग करते हो या कोई भी बंदा आ, किसी के किसी के भी साथ कॉल करता है वो सिर्फ़ एक लैंग्वेज के अंदर कर सकता है अगर उस बंदे को इंग्लिश आती है और सामने वाले को भी इंग्लिश आती है तो वो दोनों इंग्लिश के अंदर बात करेंगे अगर सामने वाले बंदे को उर्दू आती है और जो मैं हूँ अगर मुझे भी उर्दू आती है तो हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरे सामने वाला जो बंदा आप लोग बैठे हो आपको इंग्लिश आती है और मुझे उर्दू आती है मैं आपके साथ कभी गुफ्तू नहीं कर सकूंगा लेकिन इस अलाउड फीचर के जरिए अब कोई भी बंदा इसका जो फ्यूचर मैं वो बता रहा हूँ डबिंग का आप लोगों ने सुन लिया कि अगर आपने इंग्लिश के अंदर वीडियो बनाए कोई भी बंदा उसको लाइक like, आप ख़ुद उसको डब कर सकते हो मतलब उसको एआई के ज़रिए वो डब कर देगा आपको और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर वो डबिंग हो जाएगी अब कोई भी पूरी दुनिया में आपका जो कंटेंट है वो एक्सेस हो जाएगा मतलब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बंदा देख सकेगा आपकी वीडियो पे आपने क्या बोल खिलाए हैं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रियल टाइम की मतलब आमने सामने जो हम लोग गुफ्तु करेंगे मतलब जब हम कहते हैं ना दो बंदे आप उसके अंदर फैमिली या कहीं बाहर जाते हैं तो आमने सामने बंदा खड़ा होता है और उस खड़े होने के दौरान जो गुफ्तु होगी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ अब मान लो कि एक बंदा है जैन वो आपको टीच करना चाहता है अब उसने एडवरटाइजिंग कर दी अब उसने बता दिया कि ये जो फीचर है मतलब अब उसने एक उसके पास एक आइडिया है या उसके पास एक प्र, प्रोडक्ट है मान लो कि मान लो कि ये जो जैन है इसके पास ये बुक है अब वो इस बुक को सेल करना चाहता है अब वो इस बुक को कहाँ पर सेल करेगा उसने ऐलान कर दिया कि ये मेरे पास बुक है उर्दू इंग्लिश बोलचाल पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इसको ख़रीद सकता है लेकिन उससे पहले मैं एक वेबिनार करूँ कि जो बिल्कुल फ्री में होगा अब पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा आकर इसको ज्वाइन कर सकता है चाहे वो हिंद, हिंदी बोलता हो चाहे उसको इंग्लिश आती हो चाहे उसको चाइनीज़ आती हो चाहे उसको फ्रांच आती हो उसे तुर्किश आती हो करियन आती हो चाहे उसे अटालियन आती हो मतलब तो कोई भी तो बंदा ज्वाइन कर सकता है लेकिन आप एक चीज़ पर बोल करोगे ये जो तो बंदा है इसने जो बुक बेचनी है वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी मेरे पास जो बुक है अरबी उर्दू बोलचाल है लेकिन इसके पीछे इंग्लिश अरबी उर्दू बोल भी है तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि भाई अल्फाज गलत बोल दिया भाई इस बुक के काफ़ी ज़्यादा एडिशन हैं आप लोग कोई भी ख़रीद सकते हो ऑलमोस्ट डेढ़ सौ रुपये आगे आपको मिल जाएगी अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीखने के अंदर इंटरेस्टेड हो तो अब मान लो कि ये जो बंदा है जिसने कहा कि मेरी ये बुक है कोई भी बंदा खरीद सकता है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर हर बंदा उसकी वेबिनार के अंदर शामिल तो हो जाएगा लेकिन वहाँ पर जो बैरियर होगा ना वो होगा लैंग्वेज का बैरियर मतलब वो बंदा तो उर्दू के अंदर बात करेगा अब किसी को क्या पता है उर्दू उनको समझ नहीं आएगी अब चाइनीज को क्या बता भाई उर्दू किस तरह से बोली जाती है उसके कानों में जो भी नहीं कि भाई इसने क्या कह दिया है और कोरियन बंदा है उसको भी क्या पता या उदू मतलब क्या, क्या तुम बोलना क्या चाहते हो उसको तुम्हारी हूँ हाँ ची चू पा समझ नहीं आएगी लेकिन अगर मैं ऐसा कह दू कि ये जो अलाउड प्रोजेक्ट है यूट्यूब का इसको हम अगर इस वीडियो कॉल के अंदर शामिल करते हैं रियल टाइम के अंदर तो क्या होगा अब कोई भी बंदा पूरी दुनिया में कोई भी बंदा इसको इसको सुन सकता है। है, है, मतलब ये जो AI है, ये जो जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का है, इसको अगर हम पूरी तो दुनिया के अंदर कोई भी बंदा आपकी बात सुन सकेगा कैसे अब इस मीटिंग के अंदर कोई भी बंदा एड ऑन हो सकता है जब ये अलाउड प्रोजेक्ट इस वेबिनार के अंदर या इस कॉलिंग के अंदर आ जाए इसको एड ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा कि पूरी दुनिया में कोई भी बंदा आपकी गुफ्तु सुन सकेगा अपनी जुबान के अंदर मतलब उसको ज़्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है अब उसको अगर कोई उसको हिंदी आती है तो उसको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है अगर उसको चाइनीज आती है तो उसको कॉरियन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है अब वो बंदा इस कॉल के जरिए आपकी बात को सुन सकेगा मैं आपको बता दूँ जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जब इनका इजलास होता है मतलब जब एक चाइनीज एक पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए कोरियन के प्राइम मिनिस्टर करियन प्राइम मिनिस्टर हो गए चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हो गए रशियन प्राइम मिनिस्टर हो गए जब एक इनकी मीटिंग होती है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ममालिक जो लोग आकर बैठते हैं वहां पर इस फीचर का का यूज यूज किया किया जाता जाता है है मतलब ट्रांसलेटर का यूज किया है। लेकिन एक आम बंदे की तरह, एक बंदे की एक एक कॉमन के लिए ये फीचर नहीं था जहां तक हम कहते हैं ना कि आम यूजर एक आम इंसान तक इसकी रसाई नहीं थी बड़े बड़े पोलिटिशंस के पास इसकी रसाई थी लेकिन जिस फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ अगर उसको अगर उस प्रोजेक्ट को किसी इस प्रोसेस के जरिए मतलब जो मेरे दिमाग के अंदर प्रोसेस चल रहा है अब वो मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता वीडियो लंबी हो जाएगी या उनके पास है क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके पास बिलियंस मतलब जीनियस आइडियाज़ वाले बैठे हैं इनको इसको बताने वाले और वो कर भी रहे होंगे मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा भाई मेरे पास आइडिया आया मैंने ये किया अगर मैं ये करता तो कह सकता नहीं भाई उनके पास ऑलरेडी बिजनेस जीनियस जीनियस माइंड बैठे हैं वो इस इस चीज़ को कहीं भी ले जा सकते हैं अब कुछ साल पहले आप लोगों ने तो ये तो सोचा भी नहीं होगा कि YouTube ऐसा भी लाएगा कि लैंग्वेज का बैल ख़त्म कर देगा मतलब अब किसी भी बंदे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो कुछ सीख नहीं सकता किसी बंदे ने ये सोचा नहीं होगा लेकिन लाया ना यूट्यूब ने नबिंग वालाफ्शन लाया ना इसलिए मैं इसी चीज़ को लेकर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि जब ये कॉलिंग के अंदर आ जाएगा या एक रियल टाइम के अंदर आ जाएगा एक आम बंदे के पास भी तो क्या हो सकता है अब कोई भी बंदा अगर तजारत करता है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब अगर कोई भी बंदा एक क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो तो बहुत तो बाहर की कंट्री में चले जाते हैं मतलब तजारत करने चाइनीस से वो इजीली एक ट्रांसलेटर रखते हैं लेकिन जब एक रेडी वाला भी उसको भी इतना एक्सेस होगा कि वो भी एक चाइनीज बंदे से एक चाइनीज ब्रांड से या एक चाइनीज ओनर से जाकर कोई भी चीज़ खरीद सकेगा और उसको लैंग्वेज की टेंशन की जरूरत ही नहीं है वो ऑर्डर कर सकेगा चाइनीज प्रोडक्ट को भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक कॉल के ज़रिए तो कैसा होगा मतलब वो चाइनीज है वो तो चाइनीज बोल ही जाएगा चूँ चाँ ही लेकिन ये जो उर्दू वाला बंदा है इसको वो उसकी जो चीँ चूपाँ है ना वो उर्दू के अंदर सुनाई देगी वही उसकी जो डब हो जाएगी रियल टाइम के अंदर उसकी डबिंग होगी और वो उसको सुनाई देगी बी हाँ भाई ये प्रोडक्ट मुझे दे दे इसी तरह जब ये उर्दू वाला बंदा मतलब बोलेगा हाँ मैं मैं राजी हूँ ये ब्लैक शूज़ मुझे दे दे तो उसकी जो रियल टाइम उसको सुनाई देगी चाँ हाँ। मतलब मैं अपने मुझे चाइनीज़ आती नहीं है लेकिन मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ के हाँ ऐसा होगा जब ये तो तो दोनों के, के, के पास भी ये फीचर अगर आ जाए इस प्रोजेक्ट को अगर शामिल कर लिया जाए तो वही पूरी दुनिया में तहल कर, आ, मचने वाला है मतलब किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब यार उसको चाइनीज नहीं आती और पूरी दुनिया में अब ये भी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि यार आ, अगर तुमने इलम हासिल करना है तो खां तुम्हें चीनी क्यों ना जाना पड़े इलम हासिल करो अब भाई मोबाइल से तुम घर बैठे तुम किसी भी जवान की कोई भी लैंग्वेज के अंदर किसी भी उस्ताद से कुछ भी सीख सकोगे ये बड़ी बात है और गूगल का जो मेन मिशन है वो भी यही यह है कि वो अपने कस्टमर को आसान से आसान काम दे मतलब उसको इतनी मेहनत ना करनी कि किसी भी चीज के अंदर इसलिए गूगल इन चीजों के ऊपर काम कर रहा है तो आई होप आपको छोटी छोटी समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ का जो बैरियर है वो खत्म होने वाला है अल्फा ने कमाल कर दिया है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब कहीं से भी कोई भी बंदा कोई भी चीज एक्सेस कर सकेगा और अगर एक दिहाड़ीदार बंदा भी है ना एक अन, जिसे हम लोग कहते हैं ना अनपढ़ जाहिर जहाँ हम लोगों ने एक कॉमन अल्फाज बनाए तुम अनपढ़ हो जाहिल हो अब वो भी इस फ्यूचर से या इस सकेगा में बड़े से बड़े उस्ताद या लाइक हॉर्वर्ड याड बड़ी बड़ी, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे पढ़ सकेगा वो भी जीरो रुपए में वो भी आसानी से बगैर कोई मेहनत की है कमाल है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरा नाम है जैन आप लोग देख रहे थे टेकबॉबी यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग